जल्दी क्या तूम <laughs> क्या हाँ। चला तू घरे हाँ। अब रखता चला तैयारी करा भाई भैंस लाइ तुरंत ना? चल नहांत निकुना देखो तैयार हो गया सही ना कुछ ले जाया और दिन जा, अकेले जाया। अच्छा अकेले? हाँ। ठीक बात। हाँ।, हा? हाँ। जा यहाँ। जा। पानी खर्चा पानी तू ठीक ठीक तब जा जाया। भैया लेकिन चिकनाई उहा नै राज है त या के हम जात है कजरुवारी हमहु ले आइ चला नाही कताई नै एली यार क्या कताई तो कल गैने जाबई अरे राम यार नै लेने जाबई आइ ले आइ चला धीरे धीरे कर आइ ले आइ चला भैया महु चल दे ले आइ ले चल कताई नै ले आइ ले आइ चल भैया आइ ले आइ चला कहाँ चल ले आइ हमरे माई कहे ना तौ भैया जिन जाके ले जाया हमहु आइ चला नाही कताई तो कल गैने जा या केला हमहु नाही हमहु मन कहा चाही अच्छा चल ठीक बा एक काम कर हां ले तो हमार कोट ले ले लेकिन जे दिन तक नाही अभी चला चाहिए मौज लिया ये कटाई ने लिया चला नहीं नहीं अच्छा भाई कुत्ते दादा दादा दादा दादा दादा हां भाई टाइट टाइट हां पोटा दे तो मतिया हां मने आए जाता है नहीं क्यों अरे माता लौ जाबे कौन जाबे हां और को दे भी बताओ नहीं मौज आबे अच्छा कम कर हां ले माता जूता ले ले अच्छा देख देख ले ले ले जूता ले ले अब चाय दे बता दे नहीं भैया अब काऊ भाई हम आओ चल भाई अरे ना परेशान के जे पकाए नहीं मान चला हम आओ मौज अच्छा ले लेते पैंट ले ले मार लेकिन जाय चिंता जाय जाय जाय आओ चल हम ना जानि नहीं यार पगला हम ना हम चल बस कुछ ना, ना जान बहुत तो हनुमान बात बताई हम चलवा ऐसी बातें ना हम चल हम ना जान जा रहे हैं खेल जा तू तो चल ना हम चल हम मन कहा चाह रही अरे मेरे आमला था माते ढोल ले ले ले चल ले अरे भाई क्या ढा पाए या आओ चलाओ कि भाई आओ चलाओ आओ चलाओ चाय जोन हो जाए ले ले साइकिल ले लेते हैं हम जा दे हां भैया आओ चल भाई ओ नो तू जा चला था अरे कुतुदज है और कौड़िया भैया बताया हम चलता है जोन से चला होता है और भैया दिन के कहाते हैं भैया हम चल भाई भैया चाहे ले काम आंडी ले लेते हैं हां आ वाली जी मेरे पास है चलो जा मत ए भैया ए भैया हां अरे वो टोका पट्टी चढ़ी कुलदाई दे पॉइंट साइड दाई दे जूता दाई दे साइकिल दाई दे और दाई दे करो और कालू आएंगे बात चढ़ी एक बारी चढ़ी बिना चढ़ी पाए जाब शुरू हो रही हम भाई माऊ चल बचा जो चले भैया माऊ हाँ। चल बचा जो लिया चला हमार खराब मत कर इतना मार बहुत आदमी ना खई हो जाए बताबा हमदार चतुवारी के हमर साथी का आ रहे जाबे यार कहीं सामान दाई दे हमार चल भाई हमार चलो तोरी हरामी काफी में <laughs> <laughs> परे भाई का बात माई है नाच लेकिन कपड़ा नहीं, नहीं तो ही रहा मंगवाए धीरे से पहले तब जाप घरे तो तो दुका हाँ? बनाई दुकान जाते तो ले बिना कपड़ा भाई बड़ी भारी देती हुए फिर पेड़ दिखा चलता है के बैठा और क्या हुआ है तो धीरे से कपड़ा मंगाज मंगा अब जा सक हाँ भाई बड़ी भारी बेज देती अरे एक दिखाता लाठी तो ला दिखा, ला लाई ला जावा ता ता बताए ता बताए ता है। दमाजी है। जी कपड़ा कपड़ा अरे के क्या हम पूरा पहरे बताए जल्दी हम बहुत जल्दी। विदाई कर